बड़ा से आम बड़ा, बड़ा से आम। ई से इमली से इमली। बड़ी से से से ई, ई। बड़ी उसे उल्लू, से उल्लू। बड़ा ऊन बड़ा ऊन से से राशे से एड़ी से एडी।, एडी। से एनक उसे ओखली उसे ओखली और से औरत आ उसे औरत आम से मुड़ आम से मुड़ आहा खाली आहा खाली थैंक्स फॉर वाचिंग कीप सब्सक्राइबिंग कीप लाइकिंग